छतरपुर में बदमाश और गुंडो को पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं रहा है बहन के साथ असली शब्द बोलने पर जब भाई ने इसका विरोध किया तो तीन गुंडों ने भाई के साथ मारपीट कर दी घटना नौगांव थाने की है नौगांव में ढाबा संचालन करने वाले युवक के साथ ढाबा संचालक की बहन खाना बनाती है वहीं खाना खाने आए तीन युवकों ने संचालक की बहन को असली शब्द बोल दिए जिसका विरोध उसके भाई ने किया तो तीनों युवकों ने भाई से विवाद किया और उनके साथ मारपीट कर दी जब बहन भाई को बचाने आई तो बहन को भी बदमाशों ने कहे और मारपीट की पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है पुलिस का कहना है कि खाने के पैसे को लेकर ये विवाद हुआ था जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है इन युवकों के, के, ते के पास अवैध के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है जहाँ पे कुछ सूचना प्राप्त हुई थी की दो व्यक्ति जाके वहाँ यादव और न